नमस्कार दोस्तों मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं यहां पर आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही शानदार बुक के बारे में जिसका नाम है डीप वर्क जिसके लेखक है कैल यूपॉट दोस्तों इस बुक में लेखक हमें बताना चाह रहे हैं कि इस नई अर्थव्यवस्था में तीन तरह के लोग हैं जो सफल हो पाएंगे पहला वैसे लोग जिनको जटिल मशीनों पर परिष्कृत मशीनों पर कुशलता के साथ और रचनात्मकता के साथ काम करना आता होगा वो लोग काफी पैसा पाए दूसरे वैसे कैटेगरी के, के लोग हैं जो किसी भी एक काम में किसी भी काम में एक काम में बहुत ज़्यादा माहिर हैं उनको उस काम के बारे में बहुत ज्यादा गहराई से नॉलेज है वो लोग तेज से ग्रो कर पाएंगे और तीसरा वैसे लोग जिनको जिनके पास पूंजी है और उस पूंजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानेंगे वे लोग सफल हो पाएंगे तो दोस्तों मैंने ये जो पॉइंट बताया कैसा लगा अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए धन्यवाद